कि घर की जिम्मेदारी ना होती तो ऐस उड़ाते जितना कमाते उतना सब उठाते वो तो घर की जिम्मेदारियों ने रोक रखा है वरना मन तो है पिंजरे से बाहर उड़ने का पर घर की हालात अभी मंजूरी नहीं दे पाते